अगर आज हमें कुछ भी देखना हो तो सबसे पहले YouTube का ही ख्याल हमारे मन में आता है और इंटरनेट पर YouTube आज सबसे फेमस साइट है आज हम YouTube के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट जानेंगे जिनको जानकर आपके होश उड़ जाएंगे तो क्या आप जानते हैं कि YouTube पर एक मिनट में कितने घंटे का वीडियो अपलोड होता है और इसमें सबसे ज्यादा वीडियो किस देश से देखा जाता है यूट्यूब को किसने बनाया और क्यों बनाया था यूट्यूब पर सबसे पहला वीडियो किसने अपलोड किया वह कहाँ का रहने वाला था और उसका नाम क्या था ऐसे ही कमाल के के फैक्ट जानने लिए आप हमारे चैनल को तो को सब्सक्राइब कर दीजिए तो चलिए वीडियो जावेद करीम ने चौदह फरवरी सन दो हजार पांच में मिलकर बनाया था इससे पहले इन्होंने अठारह प्लस वेबसाइट भी बनाया लेकिन इनको कुछ खास सफलता न मिलने पर इसे भी बंद कर दिया आपको जानकर हैरानी होगी कि इनके यूट्यूब बनाने का कारण एक रॉक स्टार था यह रॉक स्टार अपने शो के दौरान अपना निकालकर फेंक दिया। और यही सीन देखने के लिए तीनों दोस्तों ने बहुत मेहनत किया पर यह वीडियो इनको कहीं भी नहीं मिला जिससे परेशान होकर इन्होंने एक ऐसा वेबसाइट बनाने के बारे में सोचा जिसमे लोग वीडियो भेज सके या संग्रहित कर सके तब इन्होंने इस वेबसाइट को बनाया और इसका नाम यूट्यूब रखा यूट्यूब पर सबसे पहला वीडियो जावेद करीम ने 23 अप्रैल 2005 को रात आठ बजकर सत्ताईस मिनट पर अपलोड किया यह वीडियो 19 सेकंड का था जिसे अब तक 167 मिलियन यानी 16.7 करोड़ से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है यह वीडियो डियागो शहर के जू में शूट किया गया था जिसमें जावेद करीम हाथियों के सूड के बारे में बात कर रहे हैं जिसका टाइटल मी एट द जू है जिसे आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हैं या देख सकते हैं यूट्यूब को नवंबर 2006 में टेक दिग्गज गूगल ने 1.67 बिलियन अमेरिकी डॉलर में इस साइट को खरीद दिया था, जिसकी कीमत का आज अनुमान लगाना लगभग नामुमकिन है यूट्यूब पर 88 देशों में छिहत्तर भाषाओं में इसका एक्सेस किया जा सकता है क्या आप जानते हैं कि यूट्यूब पर एक मिनट में 500 सौ घंटों से भी ज्यादा समय का वीडियो अपलोड किया जाता है और विश्वभर में लगभग सात अरब घंटे के वीडियो हर महीने देखे जाते हैं साथ ही हर दिन लगभग पांच YouTube में सबसे अधिक सब्सक्राइब किया जाने वाला चैनल टी है, है। यूट्यूब पर सबसे ज्यादा बार देखा गया सॉन्ग है जिसका व्यूज आठ दशमलव बिलियन है और सबसे ज्यादा पसंद किया गया वीडियो देशो तो सॉन्ग है जिसका लाइक चौवालीस मिलियन है यूट्यूब पर सर्वाधिक सर्च किया गया शब्द हाउ टू किस है और यूट्यूब में सबसे ज्यादा वीडियोज भारत देश से देखा जाता है जब गंगनम स्टाइल सॉन्ग यूट्यूब पर अपलोड किया गया था तो उस गाने के व्यूज इतनी तेजी से बढ़े कि यूट्यूब को व्यूज के लिए अपना नया अपडेट लाना पड़ा और यह पहला ऐसा गाना था जो यूट्यूब पर एक बिलियन क्रॉस किया था आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय यूट्यूब के सीओ सुसैन वाजकी की है तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और अभी आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन दबाना मत भूलिएगा थैंक यू